यार दोस्तों आज फिर से देश और दुनिया के ऐसे ही अजीबों गरीबों फैक्ट्स लेकर आए हैं आपके लिए फैक्ट नंबर फाइव क्या आपको पता है कि कई लोग जीते हैं सिर्फ अपने पैसन के लिए तो आज हम आपको एक ऐसे ही जुनूनी व्यक्ति से मिलाते हैं जिसका नाम है रवि होंगल इन्हें बचपन से ही फोटोग्राफी का ऐसा जुनून था उन्होंने अपना पूरा घर ही कैमरे का बनवा लिया फैक्ट नंबर फोर हॉगकॉन्ग के एक ज्वेलर्स ब्रांड कोरोनेट के मालिक ने एक ऐसा बेसकीमती टॉयलेट बनवाया जिसमें चार हजार आठ सौ पंद्रह हीरे जड़े हैं और पूरा टॉयलेट सोने से बना हुआ है इसे बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा गया है अगर इसकी कीमत की बात करें इंडियन रुपीस में नौ करोड़ बाईस लाख रुपए हैं नंबर थ्री क्या आप जानते हैं कि पिज़्ज़ा कंपनी की होड़ अंतरिक्ष तक भी पहुँच गई है अमेरिकी पिज़्ज़ा कंपनी पिज़्जा हट ने सन दो में पहली बार अंतरिक्ष में पिज़्ज़ा डिलीवर करके इतिहास रचा था इस पूरे प्रमोशन स्टंट के लिए कंपनी ने अंतरिक्ष एजेंसी को एक मिलियन डॉलर यानी लगभग सात करोड़ रुपए का भुगतान किया था नंबर टू आजकल लोग जिस तरह से एटीएम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन क्या आपको यह पता है कि एटीएम का आविष्कार किसने किया था तो आपको पता है कि उन्नीस के एक दिन जॉन सेफर्ड ब्राउन को पैसे की ज़रूरत थी वो तो वह बैंक गए लेकिन एक मिनट की देरी से पहुँचे थे लेकिन बैंक बंद हो चुका था और वह पैसे नहीं निकाल पाए इसके बाद ही उन्होंने सोचा कि एक ऐसा मशीन बनाएंगे कि लोग चौबीस घंटा पैसे निकाल सकें इसके बाद ही उन्होंने एटीएम मशीन का निर्माण किया फैक्ट नंबर वन क्या आपको पता है कि कॉफ़ी तो हम सब पीते हैं लेकिन एक ऐसी भी कॉफ़ी है जिसको अगर आप एक बार पिएंगे, तो आप तीन से चार दिन तक नहीं सो पाएंगे। उस कॉफी का नाम है डेथ विस कॉफ़ी है ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर वन क्या आपको पता है कि कॉफ़ी तो हम सब पीते हैं लेकिन एक ऐसी भी कॉफ़ी है जिसको अगर आप एक बार पियेंगे तो आप तीन से चार दिन तक नहीं सो पाएंगे उस कॉफ़ी का नाम है डेथ विस कॉफी है ऐसी वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें